आज बातें करने के लिए अपने पास कुछ नहीं है चलो तो आज आप उन रेप की रैप सॉन्ग की एक दो लाइनें बोल देते हैं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर देना जी राह उठो करो मेगा केमन के गीत में मेरे रसदहे बदले हुए ढूंढता उजित ना कोई सहारा ना कोई वो मतलब से ही फैला हुआ आसमाय छाया उस पे अंधेरा है फिर भी एक चांद ने झुकाया उसका सिर चमचमाती रोशनी लिखी चली ध्यान सबका आएगा वो दिन हमारा जब साथ होगी जीत साथ होगी जीत चलो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत भाईलो